बुला दिया तुझको बुला दिया मिटा दिया दिल से मिटा दिया, दिया बुला दिया तुझको बुला दिया मिटा दिया दिल से मिटा दिया मेरे सजा मेरे करीब आ, मेरे नसीब आ मुझे तू आके मिल मुझे न दे सजा बुला दिया तुझको बुला दिया दगा तो तुम ये सारे करी किसने तुझे है फिर से रुला दिया कोई कोई यादों में बात वो सारे करे किसने तुझे है फिर से दगा दिया मुझे तू आके मिल मुझे न दे सजा मेरे करीब मेरे नसीब आ मुझे तू आके मिल मुझे न दे सजा बुला दिया तुझको बुला दिया दगा दिया खुश गा